आपने कभी सोचा है कि हमें गूज बम्स क्यों आते हैं? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो आखिर हमें गूज बम्स आते ही क्यों हैं? जानवरों में ये उन्हें ठंड से बचाने के लिए और उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए आते हैं पर इंसानों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता वैज्ञानिकों का कहना है की यह गूज बंश इंसानों में एक बचा हुआ लक्षण है उस समय का जब हमारे शरीर में भी बहुत सारे बाल हुआ करते थे